मदद करती है किसी जरूरत पड़ जाती है एक दीदी के लिए जरूरत था तो ब्लॉक से नहीं निकल पाया उसे हम के लिए हमने किसको दिया बताओ ये लीला बती थी थी थी। आपको इन्होंने पैसा दिया अपने बक्सा राशि ऐसी कितना दिया पाँच हजार लिया आपको भी मिला कभी जरूरत पड़ने पर मिल जाता है पैसा इमरजेंसी देखिये बहुत बढ़िया बात है समूह में बक्सा राशि यदि पैसा आप रखती है समूह के अंदर तो किसी भी सदस्य को अचानक कोई परेशानी आती है तो आपको मिल जाना चाहिए तो ये अच्छी बात है कि नहीं तो आप बताइए कम से कम समूह में बक्सा राशि में कितना पैसा रखती हैं आप कम से कम हमारे बक्सा राशि में हजार दो हजार रूपए पाँच हजार हम जमा नहीं कर पाए अच्छा आप बताओ आपके हाँ, बक्सा राशि में कम से कम कितनी राशि होनी चाहिए ताकि किसी इमरजेंसी काम आ जाएगा पाँच छह हजार पाँच छः हजार होनी चाहिए होनी चाहिए चलिए पाँच छः हजार रूपए रखना है आपका अधिकार है कोई बड़ी बात नहीं आपका ही पैसा है रखो तो कोई दिक्कत नहीं है आपने पूरा हिसाब किया है जी हाँ पूरा हिसाब कोई तो नहीं, नहीं है तो आप एजी? चेक कर सकते हो मैं अपने महोदय श्रीमान अधिकारियों का से निवेदन है कि अगर उन्हें कुछ लगता है मेरे इसमें कोई कोई, कोई त्रुटि हुई हो तो, तो, तो उसके लिए चैलेंज करेंगे दोबारा हाँ, वो आप चेक कर सकते हैं पूरा करेंगे पूरा हिसाब दिया आपने दिखाई कहा दोबारा देख लीजिए ये आपका हिसाब है जी अच्छा ये पूरा हिसाब बना के रखा है आपने जरा पढ़ के देख लेते हैं एक बार इसको भी ये आपका आज छह तारीख है हाँ, छह तीन दो तो हजार बाईस को आपने अपने समूह का ऑडिट किया लगभग आपको समूह को सोलह महीने हो चुके हैं इसमें लिखा है और यू पी द्वारा स्थिति समूह को यानी आपके समूह का नाम स्थिति है जी जी। कितनी राशि मिली थी एक लाख पच्चीस हजार समूह ने एक लाख पच्चीस आपको दिए थे समूह को अच्छा एक लाख पच्चीस हजार लिखे हुए ठीक है और आपने समूह से अब तक निकाली गई राशि कितनी है एक लाख आपने इसमें लिखे है बहुत बढ़िया और खाते में प्रजेंट राशि कितनी है तेरह हज़ार आठ सौ पैंसठ लिखे हैं इसमें बहुत अच्छा और समूह की बक्सा राशि क्या थी पाँच हजार आठ सौ साठ रुपये लिखे हैं इसमें बहुत अच्छा और सदस्यों पर सदस्यों द्वारा प्राप्त जमा राशि ये थी यानी सॉरी सदस्यों द्वारा प्राप्त ब्याज राशि जो अब तक स, जो आपने पैसा लिया ये मुद्दे की बात है हम इस पर चर्चा करेंगे आपसे जो समूह ने आपको पैसा दिया एक लाख बीस हजार रूपए आपने निकाला लगभग चार पाँच महीने कितने महीने हो गए मतलब हो गए पाँच महीने लगभग लग चार पाँच महीने छह महीने उस पर जो ब्याज आया वो आपका इसमें ब्याज दर्शाया आपने पाँच यानी कितना परसेंट ब्याज लिया आपने एक एक परसेंट यानी लगभग एक लाख बीस हजार का अगर ब्याज देखा जोड़ा जाए तो एक महीने का बारह सौ रुपये बनता है बारह पंजे साठ यानी छः हज़ार रुपये बनना चाहिए तो लेकिन कम इसलिए बना होगा क्योंकि कि किस्तों में देते हैं ना कम होता चला जाता है तो यानी लगभग ये साहब आपका सही है बहुत अच्छा आगे की क्या इसमें स्टम्प है स्टेप है आपकी समूह की बचत और ब्याज सरकार द्वारा प्राप्त राशि अब तक जोड़ने पर हो रही है एक यानी एक लाख और आपकी बचत कितनी हुई बचत अब तक अब तक हमारी बचत थी छह हजार सात सौ रुपए इसमें दिखा है। अच्छा आपकी बचत अब तक की छह हजार सात सौ रुपए थी जी, जी। और ब्याज थी आपकी पाँच हजार दो सौ पचहत्तर रूपए इस सबको मिला दिया जाए तो आपकी जो राशि बनती है वो एक लाख छत्तीस हजार नौ सौ पचहत्तर रूपए बनती है बहुत बढ़िया और अभी ये बताइए इसमें लिखा है की सदस्यों पर बकाया राशि अभी तक जो सदस्यों ने पैसे लिए हैं वो बकाया राशि कितनी है इसमें दिखा रहे हैं आप एक लाख सोलह हजार कितनी है एक लाख सोलह हजार एक लाख सोलह हजार रूपए सदस्यों बकाया राशि है इसका ब्याज ब्याज आएगा हां जी। अब तक जो आपने पैसा लिया सबका ब्याज आ गया हां जी। इस महीने आपने ऑडिट कर दिया सबका ब्याज जमा जी, जी. कर लिया अब तक हमने पूरा डेढ़ साल का सोलह महीने का पूरा ऑडिट किया पूरा ब्याज और बचत पूरा किया है और सभी को कितने पैसे वापस किया आपने काट के सबको एक हजार बानवे दोस्तों बीडी थोड़ी लंबी हो सकती है देखनी पड़ेगी आपको ईमानदारी जानने के लिए क्यूँकी ईमानदार समूह चल रहा है ये